थोड़ा हमारे शहर के बाद गांव के आगे कायों का गांव से भारत जानल जाला जला के हर बात निराला